दोस्तों इस फोटो में आपको एक इंसान एक बिल्ली और एक लड़की और एक गिलहरी दिखाई दे रही होगी लेकिन अगर आप अपने फोन को उल्टा करके इस इमेज को देखोगे तो ये सब के सब चेंज हो जाएंगे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिखा